ठीक हो जाएगा चूरन वाले नोट देख रहा यार आजकल के बच्चों की बहन के लोग कितने चलाक हो गए कितनी जल्दी पहचान लिए नकली नोट अरे भाड़ू नकली नोट देके कितनी लंबी फेंक रही के गरीबों की मदद करनी चाहिए ये है और वो है अबे फेंकने की बात ना मैं सोच लिया बच्चे ही तो है ये पहचाने का थोड़ी जाओ बेटे पैसे नहीं और यही थे नकली वाले चलो जाओ पैसे तो है खोपड़ा फोड़ दूंगा देरी हूँ चाल उल्टा सीधा क्यों बोल रही साल देरी हूँ पीछे तो होले थोड़ा सा क्या हुआ ये गाड़ी बंद हो गई और क्या हुआ कैसे मैं मुझे क्या पता चूती आदमी मैं भी तो गाड़ी में ही बैठा हु देखना पड़ेगा क्या हुआ है ओ oh शिट यार। हम्म इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है? अबे भाई ये बहुत गर्मी हो रही है तू इसे ठीक करा के लिए आइए हम इतने किसी से हेल्प लेके होटल की तरफ को जा रहे हैं हाँ ठीक है जाओ यार यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी ना दिख रही किससे यहाँ में अरे वो आ तो रही है गाड़ी अरे भाई सब रोक लियो यार रोक लियो हेल्प चाहिए यार हाँ बता अरे यार भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई यार थोड़ी आगे तक जाना छोड़ दो यार हमारी मदद कर दो हाँ बैठो फिर अरे हो गया काम आ जा क्या ड्रामा कर रहा हो कहा जा रहा हो जब तुम्हारी गाड़ी सही है अच्छी खासी तो उन्हें भाई साहब को क्यों परेशान कर रहा हो अबे तू तो कह रही गाड़ी खराब हो गई स्टार्टि न हो रही खाली मूली में स्टार्ट नहीं हो रही कौन कर खराब हो गयी नाटक बना रहा हूं देखियो स्टार्ट साले यहाँ कुत्ते जब गाड़ी ठीक थी तो तु तो ये नाटक करने की जरूरत थी इतनी गर्मी में सड़वा रिया यहाँ पे और ऊपर से उससे पिटवा दिया तूने ने करवा रही हमारी उसने का काम नहीं है देखो चुम्मा भी दे दिया तुम्हें मैंने बोर हो तो वो आ रहा है चुप चुप एकदम ये तो थोड़ी सी हजी मजाक कर रही है अब हजी मजाक भी ना करें इतनी गर्मी में तो ये मजाक सूझ रही है बैठ बैठ गाड़ी में स्टार्ट कर कर के के, चल स्टार्ट करके लेके चल